तो वेलकम बैक तो टू द तो <coughs> I mean, तो तो है वो है ड्रोन <coughs> है है तो जो नंबर फोर में है वो है क्लोई और जो नंबर थ्री में है वो है मे और जो नंबर टू में है वो है मिस्टी और जो नंबर वन में है वो है जेसी आई मीन सॉरी जो नंबर वन में है वो है गो हाँ गो है सच में ठीक है है है कर रहा जो नंबर में सबको पता सरीना and that's it for this video. I hope आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट डाउन जो भी आपको पता है सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि वो मुफ्त होता है इसलिए कर देना यार और होडियो एंड आई होप आपको पसंद आई होगी